ओए ओए भांजे, भांजे, ओ ओ किधर मर गया मामा मामा जी जी जी, आए हैं? अचानक से? पूरे घर में मैं तेरे को पे बैठा हुआ है है? तू जी जी। और बताओ कैसे आना हुआ नहीं कैसे क्या आना हुआ हैं? कैसे क्या अरे घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था सोचा कॉमेडी वीडियो देख लू फिर तेरा चैनल देखा बेटा वीडियो ना सुपर से ऊपर जा रही थी अरे थैंक यू मामा जी पर बेटा बुरा लगा देख के तूने 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली बेटा टू मच हो गया टू मच समझ रहे हो टू मच हो गया ये जी मामा जी ए? जी मामा जी क्या होता है वीडियो कौन डालेगा मतलब एक बैड इंटरनेट वीडियो क्यों नहीं डाली वीडियो क्यों नहीं डाली मामा जी बिजी था मैं अरे मामा इतनी सी नहीं अभी और सुनो कॉलेज के चक्कर में नुनू और चंपक तो नजर ही नहीं आते नुनू को फोन करो तो हर टाइम बोलता है कि मैं अपडेट पे लगा हुआ हूँ अच्छा, अच्छा। एक आफत थोड़ी ना है आफत ही आफत है इसके बाद YouTube को ही ले लो अब YouTube ने क्या कर लिया न यूट्यूब कमेंट है न लाइक है और कोई शेयर भी नहीं करता है मामा कोई ना बेटा परेशान ना हो ये सारे तो ऐसे ही हैं। कोई सा ना कर एक हो अब तो मैं वीडियो तभी डालूंगा जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तू बस वीडियो डाल बाकी सब्सक्राइबर मैं बढ़वाऊंगा मैं बढ़ूंगा तेरे सब्सक्राइबर, ठीक है? पक्का? पक्का। ओके अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो अभी तेरे सामने इन सबको बोल देता हूं सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे की मेरा चैनल का नाम क्या बताया आयुष डिवाइंस हाँ आयुष डिवाइंस चैनल को यूट्यूब पे जाके देखें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें फॉलो करें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें ट्वीट करें अरे मामा आप रहने दो आपसे ना हो पाए अरे नाराज़ क्यों रहे अरे फिर से ट्राई करते हैं अरे आ तो